मेरे सपनों में बस रही हो तुम मेरे सपनों में बस रही हो तुम मीठे भोर के जैसे हंस रही हो तुम मेरे सपनों में बस रही हो तुम मीठे भोर के जैसे हंस रही हो तुम फूलों कलियों से तुलना क्या करूं तुम्हारी फूलों कलियों से तुलना क्या करूं तुम्हारी स्वर की अफसरा से ज़्यादा कहीं सज स्वर्ग की अप्सरा से ज़्यादा कहीं सज रही हो स्वर की अपसरा से ज़्यादा